दोस्तों जब कभी भी हम अपने नए मकान में अगर दरवाजे लगवाते हैं या फिर हम ना कोई नया मकान खरीदते हैं तो उसके जो दरवाजे रहते हैं डोर्स रहते हैं वो कुछ टाइम बाद मतलब नीचे जो की तरफ थोड़ा झुक झुक जाते हैं और उन्हें लगाने में हमें परेशानी आती है बार बार और जो टाइल्स पे भी उसके निशान पड़ जाते हैं तो दोस्तों अगर अगर आप अपने मकान में जब भी दरवाजे लगाएँ तो ये जो कब्जे बने हुए रहते हैं कब्जे रहते हैं इन्हें तीन की जगह इनको चार की संख्या में लगाए ताकि इन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिले जिस वजह से आपके ये डोर्स हैं जो ये लटकेंगे नहीं